फैक्ट यहन आपका दिमाग हिला देगा बस आपको इस एल्यूजन के बीच में जो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं उनको 10 सेकंड तक देखना है अब अपने हाथ को देखो अगर आपको आपका हाथ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें